अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी कि अगर तू दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त, ये कलयुग है। मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी तेरे शहर से गुजरेंगे तो याद तक नहीं करेंगे तेरे सामने भी आ गए तो बात तक नहीं करेंगे